दिल के रे बात सुनो रे रा बात सुना बात तो करे तो ना बना बो तो चाहे संगीत तो दिल के बात तो तो सुनो रही